तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे मेरी तनहाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी